वह वादी अपने सामने सिद्वुना गाड़ीपुर जा रहा था भैंस और बकरा वहाँ से जब गया तो लौट के आते समय उसको सिर्फ बकरी मिली भैंस नहीं मिल पाया उसके पास लगभग पचास हज़ार रुपये थे जब वादी और उसका साला सिधोना से जनपद चंदव में प्रवेश किया तो मिश्रा के पास कुडिया पे तीन बदमाश पहले से इकट्ठे थे जो तमंचे से बट से प्रहार करके उनसे लगभग पचास हज़ार लूट लिया और लूट के भाग इतने में उन लोगों ने की मदद से दो बदमाश पकड़ लिए तीसरा बदमाश पकड़ने में सफल रहा दो बदमाशों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारा पहले से तय था कि हम तीसरा गुरखा के पास पैसे के बटवारा करेंगे जब पुलिस उन दोनों बदमाशों को लेकर मुरखा के पास पहुंची, तो पहले से वहां मौजूद बदमाश जो इसका दिसरा साथी था उसने पुलिस पर फायर कर इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठा के दोनों बदमाश जो और थे वो तीसरे बदमाश की तरफ भाग के पुलिस पर फायर करने लगे इसी फायरिंग में दो बदमाशम होने लगी है पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल है इनका इलाज चल रहा है उनके पास से मोटरसाइकिल घटना में मोटरसाइकिल एक पिस्टल एक तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल और दस जब बरामद हुए हैं मुकदमा तो लिख के अन्य विधि किया की जा रही है